कैसे हो आप सभी सारे अच्छे आपसे देरी के वीडियो तो को स्टार्ट है करते हैं सो यार सबसे पहले बात आपका चैनल डेड ही क्यों होता है सो आपका चैनल डेड होने के काफी रीजन है आप काफी लॉन्ग टाइम के लिए यूट्यूब को छोड़ देते हो या फिर यूट्यूब पर रेगुलर नहीं रहते हो और आप क्या करते हो ना कि कभी टैग की वीडियोज़ डालने लगते हो कभी गेमिंग की वीडियोस डालने लगते हो कभी आप ट्रैक्स एंड टैक्स की वीडियो डालने लगते हो कभी टैक्की वीडियो डालने लगते हो ये वजह भी होती है आपका चैनल डैड हो जाता है क्योंकि जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं वो सिर्फ आपकी वीडियो जिस जिस कंटेंट को देखने आते हैं जो आप कंटेंट अपलोड करते हो जैसे लाइक मेरा टैक का चैनल तो मैं डेली टैक वीडियोज़ अपलोड करता हूं यह गलती मैं पहले भी काफ़ी टाइम कर चुका हूं कि मैं पहले गेमिंग की वीडियोस एक ही चैनल पर अपलोड करता था फिर मैं टैक की वीडियोस एंड ऐसे काफ़ी गलत लोग ये गलती करते हैं कि हर टाइप का कॉन्टेंट डाल देते हैं जैसे आपके घर में कुछ पार्टी है या फिर कुछ भी है तो आप उसी का वीडियो बन क्लिप डाल देते हो अदरवाइज अगर आपका चैनल गेमिंग का है तो आप क्लिप डाल देते हो या कुछ भी उठा के डाल देते हो तो ये मन करके आकर हो रहा इससे भी आपका चैनल डैड हो सकता है क्योंकि आपके सब्सक्राइबर जो देखने आए हैं जैसे लाइक अगर वो चिल्ड्रंस हैं एंड वो अगर गेमिंग अकाउंटेंट देखने आए हैं वहाँ पर आप टैग की वीडियो डालने लगे तो क्यों ही देखेंगे अदरवाइज आप एक गलती और करते हो कि आप लॉन्ग लॉन्ग वीडियो चैनल पर काफ़ी टाइम तक शॉर्ट्स अपलोड करने लगते हो तो क्योंकि आपको लगता है कि शॉर्ट्स में तो यार ज्यादा सब्सक्राइबर आ रहे हैं तो हम ये डालने लगते हैं तो अदरवाइज आपके चैनल पर अच्छे खासे सब्सक्राइबर्स तो आ जाते हैं डेली के एक दो हज़ार सब्सक्राइबर्स आने लगते हैं लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो सब्सक्राइबर्स रेगुलर आपको वीडियो देखते नहीं है क्योंकि जो आप लॉन्ग वीडियो अपलोड करोगे वो आपको देखेंगे नहीं जस्ट वो आपको सब्सक्राइब कर लेंगे और पढ़ा रहे देंगे एंड वेखेंगे नहीं इसलिए अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो लॉन्ग वीडियो डालना अपने चैनल पर अदरवाइज शॉर्ट्स जो शॉर्ट्स सब्सक्राइबर होते हैं वो आपकी वीडियो नहीं देखते मैंने काफ़ी बार ये किया है अपने चैनल्स पर मेरे कुछ हंड्रेड के करीब सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं मेरे चैनल पर ये डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा उस चैनल का आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो अदरवाइज में हंड्रेड सब्सक्राइबर हो जाएगा मैंने शॉर्ट्स डाले थे बीच में तो उससे आगे कर मेरे जो वीडियोज थी लॉन्ग वीडियो वो डैड हो गई क्योंकि वो सब्सक्राइबर्स रेगुलर नहीं है मेरे दो से तीन व्यूस आते हैं उस चैनल पर तो यार टायर हो गया चैनल इसलिए मैं उस पर वीडियो नहीं डालता तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना एंड आई होप यार आपको समझ में आ गया होगा कि चैनल डायट क्यों होता है तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो तो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के ले